नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे ब्रह्म और भ्रम की धर्मसूत्र की सीरीज में लगातार हम उस पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं धर्म और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं वास्तव में गूढ़ कुछ भी नहीं है लेकिन गुढ़ का अस्तित्व तब तक है तब तक परम सत्य रहस्यमयी है जब तक हम उस तक पहुंच नहीं जाते परम सत्य तक पहुंचना यूं तो बहुत कठिन है लेकिन कठिन होते हुए भी वो बहुत आसान भी है तो आज हम ब्रह्म और ब्रह्म दोनों में भेद करने की कोशिश करेंगे कहा जाता है कि ब्रह्म से पहले हमेशा भ्रम आता है लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि जिसे हम ब्रह्म मान रहे हैं वो वास्तव में एक भ्रम है क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है हमारी क्षमताएं सीमित हैं हम कैसे पहचानेंगे कि हम वास्तविक ब्रह्म वास्तविक सत्य तक पहुंच गए देखिए मानव का मन बहुत शक्तिशाली है और मन अनेक तरह के खेल निर्मित करता है मन के अनेक स्तर हैं सात लेयर्स के बाद सत्य रूपी पर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है सत्य एक है परब्रह्म परमात्मा एक है वो अकर्ता है वो आकार और निराकार से परे है पर शब्द इसीलिए लगा है कि वो सबसे परे है जो सबसे परे है वो हमारे मन की सीमाओं से भी परे है तो जो भी कुछ हमारे मन की सीमाओं के अंतर्गत आता है वो सब भ्रम कहलाता है और जब हम मन से पार पहुंच जाते हैं तो फिर हम परब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं फिर मन नहीं रहता फिर मन के खेल भी खत्म हो जाते हैं और उसी को सत्य का साक्षात्कार कहते हैं तो मित्रों भ्रम को कैसे डिटरमाइन किया जाए क्योंकि हमारी यात्रा मन से ही शुरू होती है और मन पर ही खत्म हो जाती है और जो भी साधनाएं हम करते हैं मन के स्तर पर ही करते हैं मन है तभी तो साधनाएं हैं बहुत कठिन और जटिल ये सवाल है कि आखिर कैसे हम मन के पार पहुंचे क्योंकि हम मन ही हैं मैन इज माइंड एंड माइंड इज मैन मन ही मनुष्य है अब कोई व्यक्ति खुद से पार कैसे पहुंच सकता है मित्रों निश्चित रूप से हम अपने मन के पार इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते लेकिन पहुंचना इतना कठिन भी नहीं है धीरे धीरे इन सूत्रों से हम उन रहस्यों को जानने की तरफ आगे बढ़ेंगे जो वास्तव में हमें परम सत्य तक ले जा सके तो मन के स्तर पर हमारा साक्षात्कार ब्रह्म से नहीं ब्रह्म से होता है वास्तव में मन के स्तर पर सबसे पहले साधना होती है शरीर की जब शरीर की साधना होती है तो अन्नमय ब्रह्म के दर्शन होते हैं अन्नमय ब्रह्म यानी स्थूल ब्रह्म जो स्थूल स्वरूप में जो आकृतियां हैं आकार हैं उस स्वरूप में ब्रह्म हमें दिखाई देता है लेकिन यह वास्तव में ब्रह्म नहीं है यह समय के अंतर्गत परिवर्तनशील ब्रह्म की स्थूल सत्ता है यह भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हम ब्रह्म के ब्रह्ममय स्थूल शरीर का दर्शन कर लें हालांकि ये स्थूल शरीर भी माया है जिन्हें हम विभिन्न स्वरूपों में देखते हैं अपने मन के स्तर पर विभिन्न आकृतियों में देखते हैं वो सब वास्तव में अन्नमय ब्रह्म है ठीक है हमने एक रास्ता एक पायदान तो क्रॉस किया हम स्थूल शरीर तक ही पहुंचे ब्रह्म के उस मायामय लीलामय शरीर तक पहुंचे जो ब्रह्म के विभिन्न स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं इससे आगे हम बढ़ते हैं तो ब्रह्म के प्राणमय स्वरूप के दर्शन होते हैं ब्रह्म का प्राण सर्वत्र व्याप्त है और उसी प्राण से हमारा जीवन चल रहा है तो शरीर जिस प्राण से चल रहा है उस प्राणमय ब्रह्म के स्वरूप के दर्शन दूसरे पायदान पर हो उसका अनुभव होता है उसका एहसास होता है उसका रियलाइजेशन होता है कि हम वास्तव में ब्रह्म की प्राणमय सत्ता है इससे आगे जब हम पहुंचते हैं तो ब्रह्म के मन से हमारा साक्षात्कार होता है इसको ब्रह्म का मनोमय शरीर कहते हैं उसी का सूक्ष्म रूप हमारे अंदर भी मौजूद होता है तो जब ब्रह्म के मन से हम मिलते हैं तो भी ब्रह्म ही होता है लेकिन यह भी छोटी मोटी स्टेज नहीं है ब्रह्म के मन के भी कई स्तर हैं वो स्तर हमारे अंदर भी देखने को मिलते हैं चेतन अवचेतन अचेतन समूह चेतन समूह अचेतन ब्रह्म चेतन, ब्रह्म अचेतन परब्रह्म चेतन ऐसे अनेक स्तरों की चर्चा की जाती है तो साधना के तीसरे पायदान पर हमें ब्रह्म के मनोमय शरीर का दर्शन होता है ये ब्रह्मांड भी एक मन ही है जैसे मनुष्य एक इंडिविजुअल माइंड है वैसे ही ये जो यूनिवर्स है ये यूनिवर्सल माइंड है उस कलेक्टिव यूनिवर्सल माइंड के अंतर्गत हमारा माइंड आता है वास्तव में हमारा माइंड हमारे आसपास के माइंड का एक समुच्चय भर है एक समुच्च मात्र है तो मनोमय शरीर का साक्षात्कार ब्रह्म का मनोमय दर्शन ब्रह्म के मन से मिलन ये भी एक अवस्था है लेकिन ये भी पूर्ण सत्य नहीं इसके आगे हम, हम यदि चलते हैं तो हमें ब्रह्म के विज्ञानमय कोश के विज्ञानमय शरीर के दर्शन होते हैं उस विज्ञानमय शरीर के दर्शन से उस विज्ञानमय स्वरूप के दर्शन से हमें पता चलता है कि सृष्टि के रचना का विधान क्या है उसका विज्ञान क्या है उसका ज्ञान क्या है और उस विज्ञान में स्वरूप के दर्शन के बाद हम पहुंचते हैं ब्रह्म के आनंदमय स्वरूप में ब्रह्म का आनंदमय स्वरूप भी बहुत अद्भुत है कोई व्यक्ति वहां तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है लेकिन वो आनंदमय स्वरूप भी ब्रह्म ही है वो भी वास्तव में ब्रह्म नहीं है लेकिन उस स्वरूप तक हम पहुंच जाए उसका साक्षात्कार हो जाए उसका रियलाइजेशन हो जाए उसकी अनुभूति हो जाए उसका ज्ञान हो जाए ये भी एक साधारण मनुष्य के लिए बड़ी उपलब्धि होती है उस विज्ञान में स्वरूप के बाद उस आनंदमय स्वरूप के बाद हम पहुंचते हैं ब्रह्म के चित्तमय स्वरूप में वास्तव में ब्रह्म का चित्तमय स्वरूप ब्रह्म की उपस्थिति के कारण निर्मित होता है और उसी चित्त से ये संसार प्रकट होता है संसार का सृजन पालन और संहार होता है उस पर ब्रह्म परमात्मा की मौजूदगी के कारण उसकी उपस्थिति के कारण स्वाभाविक रूप से चित्त की उपस्थिति हो जाती है चित्त का प्रादुर्भाव हो जाता है उस परब्रह्म परमेश्वर के सागर में जीवन स्वतः ही हिलोरे लेने लगता है वो निर्मित नहीं करता वो बनाता नहीं लेकिन उसकी मौजूदगी पर्याप्त है बनने के लिए और जब कोई चीज बनती है तो अपने आप उसके पालन की व्यवस्था हो जाती है और पालन होने के साथ साथ कोई भी चीज स्थायी नहीं होती इसलिए संहार रूपी महेश का निर्माण भी हो जाता है तो उस सदाशिव से उस परम शिव से पैदा हुए ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन और संहार की शक्ति निश्चित रूप से ब्रह्म की ही तीन सत्ताएं हैं ब्रह्म की उपस्थिति में मौजूद हो जाती है और ब्रह्म के विज्ञान में स्वरूप के बाद हम पहुंचते हैं ब्रह्म के सत्यमय स्वरूप में जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है और उस सत्य स्वरूप में यदि हम स्थापित हो गए क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में हम स्वयं नहीं रह जाते हम स्वयं से परे हो जाते हैं मैं खत्म हो जाता है मैं की सत्ता समाप्त हो जाती है और उस वक्त ब्रह्म की सत्ता सत्य एकमात्र वही मौजूद रहता है तो इसी को हम ब्रह्म के सत्य स्वरूप ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कहते हैं और वास्तव में वो सत्य स्वरूप भ्रम नहीं है वही सत्य है बाकी जितने भी स्वरूप हैं वो भ्रम है क्योंकि वो परिवर्तनशील हैं मित्रों आज इतना ही आगे फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे अपने धर्म सूत्र को आगे बढ़ाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद